कोई दुनिया की ताकत आपको पैसा कमाने से नहीं रोक सकती आपके अलावा यू आर द बरियर यू आर द ओनली बॉरियर यू हैव टू चेंज य आपको खुद को बदलना पड़ेगा साहब बाहर की चीजें नहीं बदलेगी एक यही रहेगी ट्रैफिक यही रहने वाला है सर्दी गर्मी बरसात यही फिक्की कुछ नहीं बदलेगा विंड विल नॉट चेंज यू हैव टू चेंज योर सेल्फ यू हैव टू अट द सेल टू रीच समेर और मैं आपको हमेशा से एक बात बताता हूं साहब, अगर दिल पे लेना ही है ना तो लोग सफलता को लेना चाहिए, चाहिए। सौ मना कर देना तो चाहिए।, तो चाहिए पहले चौदह लोगों ने मुझे मना किया था मेरा सफलता का स्टोरी है नोका फन टू फोर्टीन हर किसी ने बोला तू गाड़ी ले ले तेरी गाड़ी में घूम लेंगे पैसे आते हैं गदा ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि पब्लिकली सेंसर से अप्रूव नहीं है बता भी नहीं सकता तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी इससे बढ़िया तो कहीं झाड़ू लगाता ये कोई काम है करने का पहले चौदह ने मना किया मैं भी इंसान हूं मन टूटा मैंने कहा छोड़ यार नहीं करते काम मुझे छोड़ देना चाहिए और भी तो दुनिया में सारे काम है वो कर देते मैं इस बिजनेस को छोड़ने वाला था साहब फिलोसफी ने लाइफ चेंज कर आपकी लाइफ आपकी फिलोसफी चेंज करती है क्या फिलोसफी ये चौदह लोग सोनू शर्मा जिंदगी भर ताना देंगे तुझे कहेंगे देखा हमने तो कहा ही था हमने तो कहा ही था ये काम होने वाला अब तो करना इन चौदह लोगों के लिए जरूरी है साला पंद्रह पे जा पंद्रह सौ पे जा दो हजार पे जा लेकिन कर नहीं तो चौदह लोग जिंदगी भर आंख नहीं मिला पाएगा तू मैं बताता हूं आपको साहब जब मैं स्कूटर लेकर निकलता था तो मेरे मोहल्ले में कर्फ्यू लग जाता था अगर कर्फ्यू लगाना हो तो धारा लगाने की जरूरत नहीं है सोनू शर्मा का स्कूटर गुजार दो लोग गायब हैं भाग जाते थे पहले भी भागते थे आज भी पहले आगे पीछे इट्स अ डिफरेंस लोग क्या कर रहे हैं इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं ढीट बन जाओ ढीट कछुआ कुछ बोल दे मुंडी अंदर घुसा लो बोलता ना तू बोल कुछ कर लो उसको मार लो बो, बोल तू कर ले मैं जा रहा हूं बैंकॉक तेरे को वहीं से याद करूंगा मैं बेस्ट किसी के मना करने से नहीं साहब लेबर आपको लेबर करना पड़ता है उसके लिए लेबर दैट्स व्हाई कॉल्ड मैं मेरी बेटी हुई 2007 के अंदर मैं इस बिजनेस में नया नया था मुझे आज भी वो दिन याद है आठ बजे सुबह मैंने अपनी वाइफ को एडमिट किया और रात रात को को बजे बजे बजे डिलीवरी था हुआ तो सुबह से लेकर तक कुछ लोग यहां बोला दिन नहीं खराब करना क्योंकि एक दिन खराब हो जाएगा तो यह दिन दोबारा वापिस इफ यू डों क्योंकि वहां मुझे एक लेसन मिला था ने लिखा था लेबर रूम। मुझे समझ में आया फॉर न्यू बर्थ यू हैव टू टेक लेबर पेन वो बिना उस पेन से गुजरे आपका लाइफ नया नहीं होगा सर और कितना पेन होता है आप समझते होंगे इस बात लेकिन नया जन्म होता ही उस पेन के निकलने के बाद है आपको वो पेन झेलना पड़ेगा अपनी जिंदगी